नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक मिशन के इस YouTube चैनल पर जहाँ पर हम आध्यात्म से जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं हम कोशिश करते हैं कि अगर आध्यात्म के रास्ते में आप चल रहे हैं और अगर आपने किसी दूसरों का करते हैं लोगों मदद करना चाहते हैं तो कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं होगी तो उसमें आपको तो मदद करते हैं कि सबसे ईजी और बेस्ट प्रोसेस आप सीख पाए जान पाए हमारे इस चैनल का नाम है आध्यात्मिक विकास मिशन अध्यात्म में विकास करने का मिशन हमारा जो चैनल है दोस्तों आज का टॉपिक आपने थंबनेल पे पे पढ़ा हो टाइटल पढ़ा होगा, होगा टाइटल कि हम बात करने वाले हैं जो बिगनर्स होते हैं रिकी में उनके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक है अगर आप बिल्कुल नए हैं अध्यात्म में रेकी आपने अभी भी सीखा है तो तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का और अगर आप रेकी भी पुराने भी हैं तो भी ये टॉपिक आपको तो बहुत अच्छे से मदद करेगा क्योंकि आज पता चलेगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा क्या आपने वो सीखी क्या आपने जानी क्या वो इस्तेमाल करते हो आपने अभ्यास किया उन सभी चीज़ों का या अभी तक लू किया तो दोस्तों आज हम रेकी से जुड़ी हुई बहुत सारी नई और अच्छी बातें डिस्कस करेंगे सीखेंगे समझेंगे और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताते रहें, गाइड करते रहें, कि जो भी बात मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं क्या आपने भी ऐसा किया है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों हम में से बहुत से लोगी सीखते हैं नहीं नहीं और देखिए ये तो सबको बताया जाता है कि आपको नहीं करना है और ज्यादातर मास्टर इंडिया में या दिल्ली में बात करूं तो आपको जरूर बोलते हैं या आपने जरूर सुना हुआ इक्कीस तो पूरा का पूरा एक वीडियो भी बनाया की क्यों इक्कीस दिन की प्रैक्टिस बहुत पसंद आएगी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बात करने जा रहा हूँ कि रेकी में हम जब अगर नए हैं तो हमें सेल्फ हिलिंग के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है बहुत से लोग भी सवाल पूछते हैं कि सर मैंने अभी सीखा है मुझे पाँच दिन हुए हैं दस दिन हुए हैं पंद्रह दिन हुए एक दिन में कंप्लीट नहीं हुए और मैं इसको हीलिंग करना चाहता हूँ ऐसा करना चाहता हूँ करूँ ना करूँ कब करूँ कैसे करूँ क्यों करूँ कल भी मेरे पास सवाल आया कि मेरे किसी दिन पूरे नहीं हुए बीच में ब्रेक लग गया मैं क्या करूँ या बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि वो अभी उस लेवल पे हैं नहीं और वो उस तरह की हीलिंग छेड़ देते हैं जो उनके लिए बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए वो तो मैं हमेशा कर... तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों की तो कोई भी केस या किसी तो को ही लिंग करने से पहले अपने गुरु से टीचर से सलाह करने, ले, से कर ले पूछ आपको अच्छे से पाए तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी रेखी सीखी है तो आपको किन किन चीज़ों की हीलिंग लिंक करनी चाहिए और प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि जो जो ही मैं बता रहा हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस की क्या आपने किया लिए या आज तक ये भी नहीं किया तो मैं जानना आप में से कितने लोग हैं हैं। जो तो ये सब सब कुछ अभ्यास कर चुके दोस्तों नहीं करते तो करना चाहिए खाने को ही करते हो नहीं करते तो बहुत जरूरी है चाहिए। करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों आपको नेचर को ही आपको प्लांट्स को को, एनिमल्स को धरती माता को करना चाहिए। क्या आप करते क्या आप किया है और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साथ के साथ आप नॉन लिविंग थिंग्स को ही कर सकते तो। जब आपने रेकी सीखी होगी आपको बताया गया होगा की नॉन लिविंग थिंग्स को भी आप ही कर सो जैसे मान लो आपकी गाड़ी है बाइक है स्कूटर जैसे मान लो आपकी गाड़ी है बाइक है टी वी है ए सी है एसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चलती नहीं है बंद हो जाती है, है, है। मोबाइल हो सकता है आपका हुँ? और आपका लैपटॉप हो सकता है इस तरह की चीजें तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लेके आपने किया या नहीं किया क्योंकि दोस्तों जनरली हमसे ज्यादातर लोग तो लेते हैं अपनी हीलिंग कर लेते हैं मगर भागते हैं दूसरों की हीलिंग करने ही आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दूसरों की ही चाहिए और जरूर करनी चाहिए क्योंकि तो इन सब चीजों की हीलिंग करने से आपको बहुत कुछ सीखने और मिलता है मुझे रेकी फील नहीं हो रही या कल भी कुछ लोगों के मैसेज आए थे की मेरी ये समस्या है सोल्व नहीं हो रही है मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कल हम बात कर रहे तो मैं जितनी भी यहाँ की बात कर रहा हूँ तो आपको फर्स्ट लेवल में लग रहा है तब भी ये सारी हीलिंग कर सकते हैं डायरेक्ट में लेवल आपने किया है तो भी कर सकते हैं आजकल इंडिया में कुछ लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल एक साथ सिखाते हैं बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक साथ सीखाते है। हैं ये शुरुआ, शुरुआती पड़ाव है शुरुआती पड़ाव है शुरू में अगर आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब है आपके एक्सपीरियंस अधूरे हैं कुछ ना कुछ कमी है आपकी रेखी में भी और मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ आज कि जब आप इन चीज़ों की हीलिंग करते हैं तो आपके साथ क्या होता क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि क्यों करें इन चीज़ों की हीलिंग क्या फ़ायदा होगा हमें से बहुत सारे लोग जो तराजू दे बैठे होते हैं लॉजिकल जो होते हैं वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को और उनको लगता है कि ये तो भैया मैं मेरा नुकसान है मेरा टाइम का नुकसान है मैं क्यों दोस्तों आज सबसे सबसे बात मैं मैं बता रहा जब जब आप आप नेचर नेचर की करते करते हो हो और में ऊपर धरती माता को अर्थ अर्थ करने से आपकी बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं जितने भी लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा या मेरे अंदर ब्लॉकेज है मुझे healing, नहीं तो, है ना या जो लोग कहीं स्टक है मुझे क्या करना क्या चीज़ बेस्ट है, ना? तो जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले धरती माँ धरती माँ को ही कर तो चाहे वो डायरेक्ट करो धरती दर, में बैठ के करो या चेहर में बैठ कर नीचे तरफ खास करके करो या डिस्टेंस में करो या जैसे भी करो तो आप जब धरती को हीलिंग करते हो तो आपका ज्ञान बढ़ता है आपकी नॉलेज बढ़ती है आपकी ट्यूशन बढ़ती है आपके चक्रास ठीक होते हैं, आपकी, है, आपकी ब्लॉकेस निकलती है आपके अंदर की बहुत सारी रुकावटें निकलनी चालू हो जाती हैं और ये सभी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, मार्गदर्शन करती है हेल्प करती है सौभाग्यशाली बात है कि आपको ईश्वर ने वो शक्ति दी थी आप उन लोगों को भी मदद कर सकते हो जो जी नहीं सकते या जिनकी हम समझ नहीं सकते तो दोस्तों में बताऊँ एक इंसान को जब हीलिंग करते हैं तो इतनी सी दुआएं मिलती हैं मगर जब किसी जानवर का नेचर हीलिंग करते हैं तो इतनी सारी दुआएं मिलती हैं पूछो मत भंडार और आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक इशू हैं कार्मिक दोष है रुकावट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, है या मैं मान लो किसी भी तरह की कोई रुकावट है तो जब हम नेचर को खुश देते हैं तो नेचर मल्टीप्लाई करके हमें वापस दे चीज़ तो दो, अगर आप अभी भी भी लोग ऐसे हैं हैं हैं जो रीकी सीख चुके हैं, सीखना चाहते या में कोई प्लांट्स को एनिमल्स को ही तो आपको जरूर करना चाहिए मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं तो करना चाहिए ट्राई करना चाहिए दिल से करना चाहिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए और आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है आपको चुना है कि आप दूसरों को मदद कर पाओ दूसरों को हेल्प कर पाओ तो आपको ये एक ड्यूटी है ये मानव की ड्यूटी है एक इंसान की ड्यूटी है, है अगर आप प्योर सोल हो आप सच में आध्यात्मिक हो क्योंकि हम में से ज़्यादा लोग समझते हैं कि हम आध्यात्मिक है मस बताऊँ तो जितने लोग समझते हैं रेल में वो तो होते ही नहीं है और जो होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या है या क्या नहीं तो इन चीज़ों को बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों ही आज जो मैंने आपको डिस्कस किया कि आपको इन सब चीज़ों को पहले ही लिंक करना चाहिए आपको कभी भी किसी इंसान को ही लिंक करना है, दूसरों को हीलिंग करना चाहिए इवन अपनी फैमिली को भी ही लिंि करना है डायरेक्ट ही लिंक करना है डिस्टेंस लिंक करना है या आप कि मास्टर बनना चाहते हो या कहीं पे भी किसी लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो ये बिजनेस की सारी चीज़ें शुरुआती तौर पर अगर आप ये चीज़ें कर लोगे उनके एक्सपीरियंस अपने अंदर बसा दोगे कि मैंने अपने लैपटॉप को हील किया और वो ठीक हो गया मोबाइल को हील किया ठीक हो गया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो उसको हील की और वो ठीक हो गई और मैं आपकी बात करूँ प्लान्टट्स एनिमल्स की बात तो वो तो बहुत जल्दी हीलिंग देते हैं दोस्तों इंसान को ठीक होने में हफ़्ता महीना साल लग जाता है मगर ये चीज़ों को हफ्ता भी नहीं लगता आप किसी एनिमल को हीलिंग करोगे जानवर को हीलिंग करोगे दो चार दिन में हफ्ते के अंदर तो परफेक्ट हो जाएगा चाहे उसको बड़ी से बड़ी कोई समस्या क्यों ना हो और हमारे पास सालों से बहुत सारे एनिमल्स की हीलिंग्स आती हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो एनिमल्स को इतना प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि वो ठीक रहे और आपको भी ये मौका मिले तो जरूर करो ना मौका मिले तो मौका ढूंढो चाहे आपके स्ट्रीट डॉग हो या कोई भी जानवर हो कोई भी पेड़ आपको लगता है सूखा है मोझा रहा है चलने ही रहा है कोई भी समस्या उसमें आ रही है तो आपको उसको रेकी देना चाहिए इससे आपके हाथों की रेकी पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके अंदर की क्लिनिंग होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ की जो रुकावटें हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी तो दोस्तों ये आज का भी जो मेन बिजनेस के लिए है मगर उसके अलावा भी जो भी लोग ये देख रहे हैं उन्होंने वो नहीं किया वो भी इस चीज को समझे जाने उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लाइफ में जब जितनी बार जरूरत पड़े वो धरती में आपको जो करने नहीं करने की मैं बात कर रहा हूँ धरती के लिए तो हमारे पास बहाना भी नहीं है कि वो मिलती नहीं है आती नहीं है हमारे पास ही है धरती वो तो कभी भी, भी कर सकते जितनी मर्जी कर सकते हैं जिनमें दो बार हमारे साथ आ चुका है आप में से किस किस ने आज वालों को मेडिटेशन किया सुबह ग्यारह बजे मेडिटेशन डल चुका था तो आशा करता हूँ आप में से ज़्यादा लोगों ने देख लिया होगा या किया होगा और जिसने भी किया है प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताएं और जिसने नहीं किया दोस्तों आज का मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि कोई बंदा रेकी वादा है या नॉन रेकी पर्सन है इवन की कोई बीमार है या कोई भी उसको तकलीफ हो आप ये मेडिटेशन को दो उसको बोलो भैया ये मेडिटेशन डेली करना है और मैं आशा रखता हूँ कि सामने वाले इंसान को मे भी महीने में या पंद्रह दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा किसी ने श्रद्धा से मेडिटेशन लिया तो क्या एक महीने में ठीक भी होता है बहुत बड़ी बात नहीं है तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि पहले तो आप करो ये मेडिटेशन और कमेंट पर मुझे रिव्यू तो आपको कैसे मेडिटेशन लगा और सच में आपको अच्छा लगा तो वहाँ सच लिखता कि अच्छा लगा और सच में अच्छा लगा तो कम से कम दो चार लोगों को मदद कर देनाइकन तो सवाल, तो को प्रेस करेंगे तो ऑल का बटन दबाना है ताकि डेली हम जो नई नई चीजें लेके आते हैं यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक से बात करते हैं आपके अध्यात्म से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं आप लोग सवाल है तो इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और आपको लगता है कि बहुत सारे बिगनर्स को आप जानते हो जो अभी अभी देखी सीखी मगर वो दूसरों की हीलिंग में चले गए उन्होंने भी नेचर की हीलिंग नहीं की तो उनको ये शेयर करके वीडियो उनको भी ज्ञान दें कि उनको ये करना चाहिए तो ये इसलिए करना चाहिए इससे हमारी प्रोटेक्शन भी होती है और तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं नेचर को हीलिंग करने से बहुत से लोग हमारे साथ हैं काम्या जी लगभग डेली की तरह आज भी सबसे पहले नमस्कार काम्या जी गुरु प्रणाम सुनीता जी काम्या जी सर मुझे लेफ्ट साइड में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है क्या हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड में फ़र्क होता है हाँ बेटा ये सभी के फ़र्क होता है मैक्सिमम लोगों के फर्क होता है मैक्सिमम लोगों को राइट और राफ्ट में अलग अलग फीलिंग होती है ये आम बात है कोई बड़ी बात नहीं है आप परेशान ना हो सर लाइक एंड शेयर कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आज का टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी का मैं जी जो सोच रहे थे वही है या कुछ अलग है क्योंकि जरूरत नहीं कि हम थे से एकट आइडिया लगा दें कि हम क्या सीखने वाले हैं आज नमस्कार ईश्वरी जी श्रद्धा जी प्रणाम एल ग्रीन प्रणाम बच्चा अरुणा जी प्रणाम मोनिका जी सर मेरे सन की हाइट निकल जाए उसके लिए कहाँ ही लिंग दू ही थर्टीन ईयर्स ओल्ड मौता जी देखो वैसे तो मैं बिलीव करता हूँ फुल बॉडी हीलिंग करना चाहिए मगर फिर भी मैं एक पॉइंट आपको बोलूँगा मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है आपने उसी पॉइंट पे लग जाना है क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूरी बात नहीं सुनते समझते नहीं हैं और वो अंधाधुंध शुरू हो जाते हैं तो वो रिस्क ही है ही कर, वो फुल बॉडी हिल करने के बाद पहला पॉइंट तो कहता हूँ टेल तो बोन जहाँ जानवरों की पूँछ होती है वहाँ टेल बोन रूट चक्र के पास टेल उस टेल बोन को हीलिंग करो और आशा रखता हूँ बोन को हीलिंग करने से उसकी हाइट बढ़ेगी और वहाँ बोन को हीलिंग करते हुए आप यही इंटेंशन दो इसके अलावा तलों में आप हीलिंग करो तलवों में हीलिंग करो और यही इंटेंशन दो उसकी हाइट अच्छी हो रही है और तेरह साल का बच्चा आपने बताया तो अभी तो उसके पास एज है उसकी हाइट बढ़ सकती है उसको एक्टिविटीज में डालो बकाओ धुराओ नचाओ गो अच्छे अच्छे काम कराओ है ना तो इजीली बढ़ जाएगी आप परेशान ना हो छोटी एज है आराम से बढ़ जाएगी और बहुत लोगों की बड़ी है बहुत लोगों की तो हमारे पास हीलिंग आई थी बाईस तेईस साल का बच्चा था उसकी हीलिंग लगी उसकी भी हाइट जी, जी नितिन जी आप पूरी कोशिश कीजिए एंजल्स से प्रार्थना कीजिए जो प्रोसेस बताया वो कीजिए हमें आशा है कि आप कर पाएंगे नितिन शर्मा नितिन शर्मा सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं कर पाऊंगा बेटा पहली बात तो ये है कि आपने सीखा नहीं सीखा करने से पहले सीखना जरूरी है ना और सीखेंगे और जो चीज़ सिखाई जाएगी देखो आ, कोई मजे से कहता है कि सर क्या मैं साइकिल सीखने से साइकिल की रेस में फर्स्ट आ जाऊंगा तो मैं वहाँ ये कहता हूँ कि बेटा अगर आप मेरी बात मान के चलोगे तो फर्स्ट आने के चांसेस बहुत हद तक हैं तो आपको मान लो सीकी में बताया गया है कि डेली सेल्फी करो ऐसे ऐसे करो एंजल में बताया गया कि ऐसे ऐसे करो है ना अब आप मेरी बात को दो दिन मानते हो दो दिन छुट्टी करते हो दो दिन भूल जाते हो दो दिन अधूरा करते हो दो दिन नहीं करते है ना तो चांसेस नहीं है और एंजल्स के मैं देखो इससे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि आ, मेरी एक स्टूडेंट जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और एंजल्स उसको डॉक्टरी के एग्जाम में एम के एग्जाम में इस कदर मदद की कि आप हैरान रह जाओगे जो क्वेश्चन उसको नहीं आते थे एंजल्स ने बताया अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि जितने लोग एग्जाम के लिए जाएंगे इंजल्स सबको मदद करेंगे अब सबका श्रद्धा विश्वास समर्पण अलग अलग है सबकी फीलिंग फेथ अलग अलग है उनके रिजल्ट्स भी अलग अलग हो जाएंगे ठीक है अगर आपके अंदर फेथ है तो बेटा आप जरूर पास हो जाओ तो आपके इंजल्स मदद करेंगे आपको आपके काम में आपकी पढ़ाई में फोकस कंसेंट्रेशन में योगेश जी प्रणाम प्रणाम बेटा -P -B, पवार वी पी पवार जी प्रणाम पवार जी अनिल जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग अनिल जी टुडे तो नेट इश्यू इज देयर मे बी ड्यू टू बैड वेदर इन शिमला जी अनिल जी हो सकता है शिमला के बैड बैड वेदर की वजह से हो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हमारे यहाँ से भी थोड़ा सा मेरे पास भी दो बार नेट थोड़ा स्लो हुआ है तो हो सकता है यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ से भी हो सकता है दोनों ही जगह से आज बहुत दिनों बाद नेट की थोड़ी सी समस्या आई है कोई नहीं प्रणाम प्रणाम बच्चा कैसे हो जी प्रणाम अनिल होनेक्स टू तो तो रेगी बहुत बहुत शुक्रिया था रेकी जो हम सबको मिला उन्होंने मंजिला जी सर गुड इवनिंग आपको सदा फॉलो करती हूँ आपके साथ ही साथ करती हूँ पानी भी हीलिंग करती हूँ वेरी गुड मैं पूरी विश्वास से लोगों की हीलिंग करती हूं। थैंक्स थैंक्स, थैंक्स गुरुजी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी बात आप अच्छे से प्रैक्टिस में हो यस गुरुजी आई एम डूइंग नेचर हीलिंग बहुत अच्छी बात अनिल जी मैं कह रहा हूँ कि नेचर को तो हिलिंग करना चाहिए सभी को करना चाहिए और आज ऐसे टाइम में ऐसे माहौल में तो जरूर करना चाहिए दो दो तीन तीन बार रहना नेचर को नेचर हमें बहुत कुछ देता है यस अर्थ हीलिंग भी स्टार्ट कर दूंगा जी बच्चा ऑल बेस्ट करो रिवार्ड्स नमस्कार विजय कुमार जी लाइक एंड शेयर थैंक यू सो मच मंजूला जी आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल है थैंक्स गुरु जी जी बच्चा मैं बस वही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये बातें नहीं जानते बिकॉज लोगों को लगता है ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग होती है दर्शन इंसानों की हीलिंग होती है बहुत से लोगों को आज भी बता रहा हूँ कि जिन्होंने रेकी का नाम सुना उनको लगता है रेकी से फिजिकल बीमारी ठीक होती है मेंटल बीमारी ठीक होती है उनको नहीं पता रिलेशनशिप भी ठीक होता है पढ़ाई लिखाई फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब कुछ रेकी से सॉल्व होता है सब कुछ रेखी से सॉल्व होता है तो बहुत से लोग रहेगी सीखने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कैसा सोल्व होता है ना तो कभी मैं इस टॉपिक का भी सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ कि हर एक टॉपिक को कि कैसे रहेगी कार्य करती कैसा कि आप डीप नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर पाए जो आपको शायद अब तक नहीं मिल पाया किसी भी वजह से तो मु सारा डिस करेंगे साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने वीडियोज बहुत से बनाए हैं सिम्बल्स पे और मैं फिर भी देखता हूँ कि बहुत से लोग सिम्बल्स सीखने के बाद भी गलत सिंबल बनाते हैं गलत यूज़ करते हैं तो मैंने स्पेशली अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सिंबल्स बनाने नहीं होते जो प्रिंट करके रखने होते हैं उनका ध्यान रखें उसको आप बना बनाए दे तो अच्छी बात है मगर तो बहुत से लोग होते हैं वो रुपए बचाने के चक्कर में वो लेते नहीं हैं ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास कल एक फ़ोटो आया था आज मैंने उस फोटो को अच्छे से चेक किया तो मैंने देखा वो लेडी बहुत दिनों से रिलिंग कर रही है मगर वो सिंबल बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है ना मतलब आधार सिंबल नहीं है और जब मैंने उनसे बात की तो उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो सही है सर को पिक्चर की है, नहीं है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ बच्चा हम लाइफ में जो ज्ञान है ज्ञान की जो इन्वेस्टमेंट होती है है ना वो तो सबसे प्रिय होती है और तो थोड़ा सा अगर इसमें इन्वेस्ट कर लें तो तो शायद हम गलतियां नहीं करेंगे तो जो भी आपको सिंबल यूज़ करना होता है जो पेपर पे पे बनाए नहीं जाते जो में रखे जाते हैं तो उसको आप कोशिश करो एकट बनाओ एकट यूज करो उसमें मिस्टेक ना हो तो अच्छी बात है आप सभी के लिए लंबई जी आपने सही कहा मैं एनिमल्स को रेकी देती हूँ और वो ठीक हो जाती हैं जी रमेश जी बिल्कुल एनिमल्स जल्दी ही हीलिंग लेते हैं इवन जिस कि इंसान बहुत देर लगाते हैं ठीक होने में और रिसीवर अच्छे नहीं होते एनिमल्स प्लांट्स नेचर बहुत अच्छा रिसीवर होता है बहुत अच्छा रिसीव करता है गुरु जैसे हम अपनी सेल्फ हिलिंग करते हैं वैसे ही करनी है क्या अर्थ हीलिंग भी गुरु जी तो इन सब चीज़ों की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हीलिंग और ज़्यादा आसान है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप उनका और फिल्म करो चार्ज करो आप डायरेक्ट हीलिंग कर दोगे ना प्रार्थना तो करके जो प्रोसेसर से नॉर्मल बेसिक उससे भी काम चल जाता है हाँ है ना बाकी अगर आप ऑरा बॉडी चक्रा क्लीन चार्ज करोगे प्रॉपर करोगे तो और ही अच्छी बात है हाँ ना मगर नेचर को आप डायरेक्ट हीलिंग दे दो डायरेक्ट प्लस फ्री की कॉल करो हीलिंग कर दो तो भी काम चल जाता है अल्पना जी प्रणाम गुरुजी मैं 440 डेज से सेल्फ हीलिंग कर रही हूं एक दिन भी भी मिस नहीं किया। अभी मैं अर्थ अर्थ की हीलिंग हीलिंग करूंगी। जी जी. बच्चा आप आप करो अर्थ करो। अनिल really लोगों के इन कमेंट से हिम्मत मिलती है कि और अच्छी मेडिटेशंस बनाएं और अच्छा कुछ नया सिखाएं आप सबको। तो आप सबसे निवेदन है आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा आध्यात्मिक आप वो मेडिटेशन एक बार जाके देखें सुने करें और मुझे वहीं पे कमेंट करके बताएं अंकिल जी आप भी प्लीज़ वहां कमेंट करो क्योंकि बहुत से लोग मेडिटेशन प्ले करने से पहले या ख़त्म करने का कर, कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी पता चलेगा कि बहुत काम की चीज़ है और किसी को भी हीलिंग करनी हो तो आप उसको ये मेडिटेशन लगा दो और हीलिंग करो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी वो मेडिटेशन कर जाए तो उसकी हीलिंग हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है अभिनव जी नमस्कार गुड इवनिंग काम्या जी सर मैं पहले अपने रेफ्रिजरेटर को हील किया वो ठीक हो गया फिर फैन बहुत आवाज़ कर रहा था मैंने चेक किया तो उसका आयरन ग्रीस गया था लेकिन हीलिंग के बाद उसकी आवाज़ भी बंद हो गई ग्रेटिट्यूड्रेकि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात थैंक यू बेटा अर्पना जी थैंक यू गुरु फॉर इंफॉर्मेशन थैंक यूना साथिका जी नमस्कार मंजुला जी आज 11 बजे की मेडिटेशन मैंने की एक्सपीरियंस शेयर किया उसी टाइम वहाँ पे हाँ बच्चा मुझे तीन लोगों के वहाँ एक्सपीरियंस आया था ना मगर वो एक सौ लोगों ने की तीन एक्सपीरियंस आया तो मुझे थोड़ा सा होता मतलब एक सौ में से अगर 10 परसेंट अठारह लोग भी करते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कोई नहीं मैं कोई नहीं भला चाहिए सबका एक्सपीरियंस तो पता चल जाएँगे थोड़ा उससे होता है मेहनत पता चलती है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है नहीं है उसका रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा आप भी देखो कि आपने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा और रिजल्ट आ जाएगी बहुत अच्छा एग्जाम दिया और रिजल्ट भी देखा तो खुशी होती है का जी मैंने बिल्कुल हीलिंग फॉलो की है शुरू से और आपने हमेशा हमारा साथ दिया जबकि मैं ऑनलाइन कोर्स किया है आपसे पर हर टाइम वाइट किया आपने थैंक यू थैंक यू साथिका सबसे अच्छी बात तो यह आप इतने प्योर इतने अच्छे कि सब कुछ ऑनलाइन करते हो सबसे बेस्ट करते हो रिजल्ट भी बेस्ट आते हैं अच्छी प्रैक्टिस करते रहो एस डी सर मैंने रेडी वन टू किया है एनिमल्स वन ईयर को हील कैसे करना है कौन सा सिंबल यूज़ करना है प्लीज गाइड मी बेटा आपने अगर किया है तो ऑनलाइन ऑफलाइन किया है कहां से किए मुझसे कहीं और से और जो सा भी जहाँ भी किया है आप वहाँ एक बार पूछ लो बिकॉज सबका सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस रहता है और वैसे तो सिंपल जिस तरीके से आपको उन्होंने सिखाया ही ही, किया है तो वीडियो में आपको लग लग सारी मिल जाएंगी नहीं की आप रिपीट भी कर सकते हम ताकि हमारी भी टेक्निका मिल जाए मैं आपको इस वीडियो में एक बात बताऊँ मैंने खुद ने दस जगह से रेकी सीखी थी और दसों जगह से अलग अलग चीजें सीखने को मिली तो इसलिए मेरा ज्ञान भी थोड़ा सा अलग और ज्यादा है तो नमस्कार साधिका जी भास्कर जी सर आपका ऑफिस एरिया खुल गया क्या भास्कर जी पूछ के हो रहे हो पहले तो ये बताओ दूसरी बात की आ, अभी नहीं खुला और अभी कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज देखो जो मैंने अब तक रिसर्च की है तो मुझे लगता नहीं कि अभी खोलना चाहिए और ना वो आपके लिए फायदेमंद था मेरे लिए किसी के लिए तो जब तक ये चीज ये विपदा कम नहीं हो जाती नहीं नहीं जाती या इसका नहीं मिल जाता तब तक है ना तो सभी की सेफ्टी को लेके मैंने सोचा है सर जॉब गिरी स्टार्ट नहीं होता तभी रेकी देकर स्टार्ट करती हूँ सुनीता जी कह रही है सर जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता तब तो रेकी देखे वाह बहुत अच्छी बात है गाड़ी भी हील होती है रेकी से देखो आ रहा समझ आपको श्रद्धा करती है धरती माता की हीलिंग कैसे करते हैं प्लीज बताएं बेटा सेम जैसे अपनी करते वैसे दूसरे तो वैसे, दूसरे तो वैसे, दूसरे दूसरे हो वैसे ही अब दूसरी धरती माता अब जहाँ दूसरे को छू रहे आपको मिल जाएगा वहाँ पे की सभी चीजों को हीलिंग करने का बहुत सिंपल शब्दों में बताया बहुत सिंपल यस मदर को हीलिंग हीलिंग टाइम बहुत बहुत वाइब्रेशन होती है ऑलमोस्ट थेरेपी से हील करती इक्की वेरी गुड बेटा बहुत अच्छी बात है राजेश जी प्रणाम सर मेरा मैसेज रीड नहीं किया। आपने 21, 16, बेटा दोबारा भेज दो कई बार नेटवर्क की वजह से नहीं पहुंचा दो कनिका रोए सर जी नाइट में डर क्यों लगता है मैं ओवरकम कैसे करूं बेटा सिंपल टेक्निक तो अपने अपने तो पूरे विश्वास से बिठाओ बिल्कुल तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा गुरु जी अच्छी नींद के लिए क्या करें और बुरे सपने भी ना आए बेटा अच्छी नींद के लिए क्या करें मेरे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है मगर वो डेली नहीं कर सकते हमारा एक मेडिटेशन है पावरफुल अटीवमेंट मेडिटेशन वो कर लो उसके बाद नींद बहुत मस्त आएगी और सपने बुरे सपने सुपने तो आए नहीं सकते मगर बेटा हफ्ते में दो तीन बार मैं करने के लिए आपको अलाव करूंगा दो तीन बार से ज्यादा करने का अलाउ नहीं करूँगा आध्यात्मिक ध्यान चैनल में देखना मिल जाएगी और अच्छी नींद के लिए टिप्स तो बहुत सारे हैं कौन सा दूं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप बताता हूं आपको आज या फिर कल बताता हूं या अलग से डिटेल में इस बारे में बात करता हूँ गुरु जी मैं जब मन में सिंबल बनाती हूं तो वो गोल गोल घूमते हैं एक जगह नहीं रहते ऐसा क्यों बेटा घूमने दो सिम्बल्स तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे शक्ति है उसमें ना जो बच्चा करने तो और एंड में वो वहां पहुंचना हाँ चाहिए मैं हीलिंग से दर्... माँ ही कोशाली जी, जी मन में सिंबल हाँ में सिंबल हाँ बेटा समझ गया हो है ना सुचित सर आप जो 20 थेरेपी सिखाते हो वो मुझे मालूम है मतलब लिस्ट मेरे पास है बाकी 45 कौन सी थेरेपी है दो चार नाम बोलिए ना प्लीज बेटा नेचुरोपैथी है कलर थेरेपी है मैग्नेट थेरेपी है मर्ड थेरेपी है एयर थेरेपी वाटर थेरेपी है लामा फेरा हो गया है वॉलेट फ्लेम है गोल्डन रिकी है, है खाते पाँच दस नाम तो यहीं पर हो गए हैं इसके अलावा थीटा हीलिंग है है ना बहुत सी थेरेपी उस पर नहीं सिखाता नेचुरोपैथी में लगभग पूरा जानता हूँ कई तो ऐसी चीज़ें हैं जो तो मुझे लगता नहीं आपको भी ज़रूरत था तो मैं नहीं सिखाता क्योंकि तो रीकी से लगभग सारी चीज़ें हो जाती हैं है ना सुच्रिता प्रणाम प्रणाम बच्चा गुरुजी जी नमस्कार प्लीज़ मेरी आज की अटेंडेंस लगा लेना जी जी बिल्कुल जी लग रही आपकी अटेंडेंस लेट आया लेट फीस देनी पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं रीना जी नमस्ते सर जी थैंक्स रिकीमा थैंक्स गुरु थैंक्स थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जी भास्कर जी कहते हैं सर एक पेंसिल क्रिस्टल ध्यान के लिए दो व्यक्ति यूज कर सकते हैं क्या सर कुछ प्रोडक्ट्स मंगाने हैं आप भेज सकते हैं हाँ भास्कर जी आ, मैंने सुना है कोरियर सर्विसेस चालू हो रही है और मुझे देखना है कि मेरे आस कौन सी चालू हो गई है और आप लोगों में से जिसको भी जो प्रोडक्ट चाहिए ना ना क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स की एक दो बहुत होने वाली मैंने पहले भी कहा था चाहिए मनी वाला होता है बिजनेस वाला माइंड वाला स्टडी वाला माला पेंसिल है ना तो जो भी आपको चाहिए आप एक बार कॉल कर लीजिए हमारे नंबर पे अट्ठानवे ग्यारह इक्यासी पैंतालीस सौ वाले पे अट्ठानवे वाले जो नंबर पर उस पर बात कीजिए उस पे मैं बुकिंग करा दीजिए क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स का मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि वो कुछ कम होने वाली है तो जिसकी बुकिंग हो ठीक है जैसे एक जैस के मैंने कार्ड बताए थे या मेरे पास एक बहुत बढ़िया वाली माला है जो सेवन चक्रा माला है फीमेल्स को बहुत पसंद आती है वो मेरे पास स्टॉक है काफी अच्छा और बहुत जल्दी वो चले जाता है बहुत लोग उसको पसंद करते हैं तो जिसको बुकिंग रहेगी उस उसको देते रहेंगे बहुत सुंदर माला है आपको मैं होता तो स्टेटस पे लगा कर दिखाऊँगा कौन सी माला है और वो ऑल परपज के लिए होती है और फीमेल्स के लिए सबसे अच्छी बात है वो उनकी हर ड्रेस के साथ भी मैच करती है तो पता भी नहीं चलता क्रिस्टल है या शो के लिए पहना है तो बहुत सारी चीजें हैं और आप मनोज जी से बात की कीजिए अगर मेरे यहाँ पे कोरियर सर्विस चालू होगी जहाँ ऑफिस है तो मैं इसी भी जो जिन जिन की बुकिंग है जो जो समान है मैं कोशिश करूँगा इसी वीक में किसी दिन मैं आप सब अरेंज करवा के आप सबको कोरियर करवा दूँ है ना और एक्चुअली क्या है कि हम अभी ऑफिस ओपन नहीं करे डेली तो जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं उनको मिलेगा या जो एक दो दिन में बुकिंग करा लेंगे उनको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ठीक है अब मान लो मान लो अगर मैं सैटरडे संडे या मंडे ऑफिस ओपन करवाता हूँ मंडे तक जिनकी होगी उनको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अब कोई ट्यूसडे बुक कराया तो उसको शायद उसके बाद दो चार दिन हफ्ता दस दिन वेट करना पड़ता है तो आपको कुछ भी चाहिए किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर लो मनोहर जी से उनको लिखवा दो उनको बता दो उनको एक टोकन अमाउंट कुछ दे दो ताकि आपकी चीज़ बुक हो जाए वो किसी और को नहीं देंगे फिर हम ठीक है काम्या थैंक यू सो मच थैंक यू काम्या सर ऑफिस ओपन है तो कुछ सामान ले जा सकती हूँ काम्या क्या चाहिए सामान आप एक बार बात कर लो आ, ये भी देखिए कि है या नहीं है सामान और ऐसा करेंगे कि जिस दिन हम ऑफिस खोलेंगे जो दिल्ली वाले हैं उनको तो इतला कर देंगे या तो मैं एक दिन पहले ही बता दूंगा यहाँ पे यहाँ पे व्हाट्सएप पे स्टेटस पर कहीं पर भी कल ऑफिस ओपन हो रहा था उस दिन सेम डे आप आना जो दूर रहते हैं दिल्ली से दूर हैं या आउट ऑफ दिल्ली हैं तो वो उन लोगों का अपना नाम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स सब दे दें आपको सबको कुरियर करा दिया जाएगा हमारी तरफ से ठीक है तो करते हैं कुछ मैनेज करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और कई लोगों की जो बुकिंग है मैं वो सामान भी चेक कर लूँ कि मैं कितना सामान अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो आउट ऑफ दिल्ली से हो आ रही थी वो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों मना कर रखी है कि वो तो चालू ही नहीं हो सकती तो सामान की आने वाली में किल्लत होगी, परेशानी होगी सभी के लिए तो जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें हाँ जी ऑफिस के पास है बहुत अच्छी बात है काम्याजी मनोहर जी को मैं कह दूंगा वो आपसे बात कर लेंगे सर ऑल ओवर इंडिया भी तो होना चाहिए ना हाँ बेटा क्या ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए आ... सामान की बात करो करोस्तर की तो ऑल ओवर इंडिया तो अगर सर्विस चालू है तो इंडिया में मेट्रो सिटीज में तो शायद सामान सारा पहुंच जाएगा जहाँ पे रेड जोन है वहाँ कोई भी सामान नहीं पहुंचेगा और आउट ऑफ इंडिया कोरियर अभी तक कोई चालू नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो कोरियर सर्विस नहीं है आउट ऑफ इंडिया सर्विस मतलब आपको कोर्सेस सीखने हैं तो आउट ऑफ इंडिया हम प्रोवाइड करा देंगे सामान नहीं करा पाएंगे कनिका जी सर मुझे एवरी नाइट लूसिड आते हैं ऐसा लगता है मैं रियल में फील करती हूँ हाँ बच्चा होता है ऐसा होता है और ये साइंटिफिक है और बताता हूँ चलो आपको आज बताता हूँ थोड़ी सी इस बारे में ज्ञान देता हूँ कि लूसिड ड्रेमिंग कहें या हम एक्स्ट्रा ट्रेवल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहें है ना मतलब जहाँ पे हमारे सोल या हमारी एनर्जी ट्रावल करके घूम फिर कुछ देख के आती है सुन के आती है, सीख के आती है, है, है।, है सीख है है, तो जब ये एस्टल बॉडी बॉडी ट्रावल करती है तो आपको उस दौरान मिलती है हो सकता कोई शक्ति आपके साथ थी है आई है या आप उसके पास तो आपको उसने मदद की वापस हो रही अच्छी एनर्जी फील हो सकती है ना तो ये होता है और आ, मैं आज इसी के साथ बता दूं जब हम पास्ट लाइव करते हैं तो पास्ट लाइव जब हम करते हैं तो उसका एक टाइम सोच के चलते हैं कि हम एक डेढ़ घंटे के आसपास का रखेंगे कोई बहुत अच्छा इंसान होता है बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस और मुझे लगता है तो एक घंटा डेढ़ घंटे से ज़्यादा हम दो घंटे तक उसको ले लेते हैं मगर ज़्यादातर क्या होता है जब वो पास्ट लाइव से वापस आता है, तो उसकी बॉडी टूट रही होती है जैसे बहुत मेहनत की है ऐसा क्यों होता है इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी थकावट है आशा करता हूँ कनिका आप समझ पाया होंगे मेरी बात गुरु जी आज मैं बिजी था इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाया आपने मेरी अटेंडेंस लगा ली हाँ जी बच्चा लगा ली थैंक यू सो मच आप हर पल पल याद रहते हो धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी और आप हमारे साथ को आपने मैसेज भी किया बहुत बड़ी बात है और सारे काम जरूरी है काम नहीं करनी चाहिए अपने कोई दिक्कत नहीं है है ना बहुत बहुत धन्यवाद और सुचुरिता जी कुरियर से हाँ बच्चा कुरियर आउट ऑफ इंडिया अभी तक नहीं है नहीं अवेलेबल है ना और आपकी कंट्री में तो मुझे लगता है जल्दी अवेलेबल होगा भी नहीं आप आउट ऑफ इंडिया हो कुत में है न तो कुत में मुझे लगता वहाँ के हालात भी सही नहीं हैं तो वहाँ जल्दी कोरियर सुविधा नहीं होनी चाहिए शुरू है और कोरियर तभी शुरू होगा जब इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होंगी रहना तो होगा ही नहीं तो बाकी देखते हैं आपके पास तो वैसे बहुत कुछ होना चाहिए सोचो नहीं आप उन चीज़ों से प्रैक्टिस करो और uh, हमारा डिस्काउंट डिस्काउंट अभी भी चल रहा है जिन लोगों ने अभी कोर्सेज़ करने हैं अभी प्लान कर रहे हैं सोच रहे हैं अभी किया नहीं है डिसीजन नहीं लिया है है ना और uh, यूट्यूब वालों के लिए तो अभी है ही है बाकी दूसरे सोर्से जो लोग आते हैं उनके लिए नहीं है हुँ? तो आप लोगों के लिए है आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि आपको कुछ मना ही नहीं कर पाता और मैं आपको बता दूँ कि जल्द ही ऑफिस खुलेगा एक दो दिन कम से कम एक दिन को लेगा और कल कर... या बाद ही खुलेगा शायद संडे खुलने का फ़ायदा नहीं है संडे पूरी सर्विस नहीं होती है या तो सैटरडे या तो मंडे खुलने के चांसेस हैं तो जिस दिन खुलेगा आपको कोशिश करेंगे इन्फॉर्म कर दूं मैं यूट्यूब के थ्रू बता दूं, यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू बता दूं, कोई अपना फेसबुक के थ्रू बता दूँ तो आप सभी लोग अलर्ट रहना और उससे पहले जो लोग दूर वाले हैं उन्होंने जो भी क्रिस्टल लेना है प्रोडक्ट्स लेना है ग्रिड है विक्स बॉक्स है टेम्फर लैम्प है वो मनोहर से बात करके बुकिंग करा दे ताकि ऐसा ना हो कल को आप फिर बोलोगे सर आपसे बात हुई थी आपने मेरे लिए नहीं रखा क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस है ताकि मैं भी परेशान ना हो आप भी ना हो तो अभी इजाज़त लेते हैं इस वीडियो में कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नया टॉपिक नई नॉलेज नया ज्ञान नया विकास आध्यात्मिक विकास न? और कल भी मैंने कुछ आपके मेडिटेशन रखे हुए हैं जो कल या तो ग्यारह बजे या चार बजे आपको मिल जाएगा तो आप ज़रूर करना आज का मेडिटेशन नहीं किया तो वो भी करना आध्यात्मिक ध्यान चालक डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा उसका तो भी आपको मिल जाएगा धन्यवाद थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट गॉड ब्लस कह रहे हैं सर ग्रुप हिलिंग तीन ए लेवल में सिखाया जाता है हाँ जी बच्चा मुझे नहीं सिखाया गया गुरुदेव कहते हैं कि थ्री बी लेवल में शामिल होने पर सिखाएंगे क्या यह सच है योगेश जी अब आप कौन से गुरुदेव की बात कर रहे हैं चलो थ्री ए सिखाया जाता है बेटा आ, मैं सिखाता हूँ लगभग सभी को सिखाता हूँ कभी नहीं सिखाता तो स्टूडेंट पूछ देते हैं तो सिखा देता हूँ अदरवाइज हमारे ऑनलाइन कोर्स में उसका वीडियो भी है और चांसेस हैं कि आपने यहाँ से कोर्स नहीं किया इसलिए नहीं आता आपको तो आप रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो आपको रिपीट में और छोटे बड़े बहुत सारे टॉपिक सीखने वो मिलेंगे क्योंकि जर्नली मैंने आपको बताया कि मैंने 10 से ज़्यादा जगह से रेकी सीखा है तो जर्नली लोग एक जगह से रेकी सीखना हैं सिखाना शुरू करते रहे हैं मैं शायद ज्ञान का थोड़ा सा लालची हूँ भूखा हूँ तो मैं जहाँ जो मिलता है जैसा मिलता है मैं सीख लेता हूँ और मैं देखता हूँ उसमें से जो ईजी और बेस्ट टेक्निक्स मुझे मिलती है वो मैं आपको देता हूँ वो दस की दस थेरेपीज आपको नहीं सीखाता तो सबसे ईजी और बेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ उस आपने कहीं वो से भी सीखा है तो हमारे यहाँ से रिपीट कर सकते हो एक बात कर लो हमारे नंबर्स पे हमारे नंबर्स नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और ये वीडियो मैं जैसे स्टॉप कर दूंगा तो वो नंबर शायद आपको दिखे ही ना दिखे मुझे नहीं पता तो अभी आप वो नंबर कॉपी पेस्ट कर लें या वो नंबर वो लिंक अपना निकाल लें वहाँ से आप आसानी होगी परमजीत कौर जी सर कल आप एक बच्चे की बात कर रहे थे कि उसने अलग अलग मेडिटेशन की और उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या आपने उसे हील नहीं किया बच्चा आ, बात यहाँ पे ये होती है कि जो एक गुरु है टीचर है मास्टर है उसका काम है आपको सही रास्ता दिखाना मानना और ना मानना आपके ऊपर है तो मैंने तो उसको लगभग छह महीने पहले भी सही रास्ता बताया था उसके बाद जब वो बीच में आया तो भी रास्ता बताया था जबकि उसने उससे तो झूठ बोला कि मैं मैं तो कहीं कुछ नहीं कर रहा है ना और अभी कल भी मैंने बताया अब मेरा काम है बताना अब वो मेरे पास आएगा आगे जैसे बोलेगा वैसे किया जाएगा है ना मैं रेकी में जबरदस्ती नहीं करता ना ही करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मर्यादा बनी गई रेकी की मेरी संस्थान की आप जबरदस्ती किसी को कुछ देते हो ना तो इज्जत नहीं करता तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिकी माँ ये कुछ गलत सोच या बोले हाँ तो बच्चा अगर हीलिंग के लिए आएगा तो वेलकम है मगर अभी वो बहुत परेशान था मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे है दोबारा उसका पावल नहीं आया और जनरली क्या होता है कि इंसान भटकता है और भटक भटक के भटक में आखिरी में आके वो सही रास्ते पर आता है और सब जगह पैसे लूटा आता है फिर आखिरी में सही जगह आके रहता है कि अब तो मेरा कुछ है ही नहीं <laughs> है ये ज़्यादातर लोगों की कहानी है तो मैंने उसको कुछ टिप्स दे दिए थे कल कि बेटा अब वो चीज़ें छोड़ दो और वो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं और आप गलत सस्ते पर थे अब वो मेरी बात कितने दिन मानता है उस पर डिपेंड करता है हमारा तो खुला दरबार है जो आएगा उसको मदद की जाएगी जिसकी किस्मत होगी उसको मदद की जाएगी मगर उसको आना पड़ेगा है ना Uh, मेरे फादर शुरू से कहते हैं कि जो दरवाजा खटकाएगा तो उसके लिए खोला जाएगा तो मैंने बात अपने मन में जहन उतार कि मांगों के तो दिया जाएगा खटकाव पे तो खोला जाएगा पहले एक टाइम पे मैं लोगों को बहुत सेवा करता था बहुत फ्री सेवा करता था बहुत दिन मांगे लोगों को मदद करता था घर घर जाके मदद करता था और मैंने देखा कि उसका कुछ खास अच्छा रिजल्ट आया नहीं है न तो इसलिए अब मैं वेट करता हूं कि जिसको जरूरत होगी आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ ट्राई करके देखा क्योंकि उसने जब आना है तो फिर उसने बात, मैं। जब आ, तो शायद बात ना हम माने कोई नहीं जी परमजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा आप इतनी केयरिंग है और आज भी उस बच्चे के बारे में सोच रहे है। हैं थैंक यू बेटा योगेश जी ओके okay, सर जी ओके okay, बेटा समित ब्लड शुगर डिप्रेशन एंड एनजाइटी एंड स्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल एंड प्रॉब्लम हाँ बेटा आप क्या बोलो उसकी डेफिनेशन चाहते हो मुझसे इसकी दवाई चाहते हो मुझसे है ना प्लीज सवाल पूरा लिखें और सवाल में अगर मेंशन भी करेंगे आप तो अपना नाम कहाँ से हो या उम्र क्या है या नहीं कि सीखिए या नहीं सीखिए या यहाँ से सीखिए है ना तो मैं और अच्छे से, से रिप्लाई कर पाऊँगा कि बेटा यहाँ पे इसका ये समाधान आपको मिल जाएगा इस वीडियो में या इस दिन जी आध्यात्मिक विकास मिशन का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आ गया है अठानवे ग्यारह इक्यासी आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में है तो आप में से किसी को नंबर चाहिए तो ये नंबर अभी भी अवेलेबल है अभी भी फ़ोन करोगे तो फ़ोन मिल जाएगा आपकी बात हो जाएगी अच्छे से सर जी आपकी पावरफुल एटूनमेंट मेडिटेशन एकदम किया था मैंने आ, डर गई होल बॉडी वाइब्रेट करने लगा था हाथों में बहुत एनर्जी आ गई थी हाँ जी कहीं था जी और उसके बाद एनर्जी आ गई थी वाइब्रेशन थी कहीं आपने अगर एंजल थेरेपी किया होगा तो शायद आप कि कर पा रहे होंगे क्यों ऐसा होता होता क्या क्या मतलब फायदा इससे ठीक है गुरुजी ये परमजीत कौर मेरी सिस्टर पटियाला से इसने मुझे आप तक पहुंचाया था जी हरपाल जी मैं कहूँ तो परमजीत कौर आपके मोबाइल में नंबर सेम होगा सिस्टर परमजीत कौर तो आप लिख दो परमजीत कौर एंजल या एंजल परमजीत कौर है ना और मेरे लिए वो सारे लोग एंजल हैं जो और लोगों को अच्छी चीजों से जोड़ना चाहते हैं जोड़ रहे हैं जो आप प्यार फैलाना अच्छी चीजें फैलाना मदद करना लोगों को तो आप सब एंजल्स हो मेरे एंजल पर, परमजीत कौर तो क्या आप लोगों को हील करते हैं हाँ जी बच्चा हमारे यहाँ ही चलती है हमारे यहाँ Uh, बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स हैं जो लोग डॉक्टर से ठीक नहीं होते दवाइयों से ठीक नहीं होते जिनके टेस्ट रिपोर्ट्स में चीज़ें नहीं आती उन सबकी हीलिंग चलती है हमारे यहाँ बहुत लोगों की हीलिंग है जो कनाडा से है यू के यू से है दुबई से है कोरोना वायरस की हीलिंग्स बच्चा हमारे यहाँ चल रही है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लगभग दस के आस पास वायरस की हीलिंग चल रही है जिसमें चार लोग ठीक हो चुके हैं चार लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है छः लोग हैं और हम ऐसा मानते हैं कि शायद कुछ ही दिनों में अगले दो से तीन हफ्तों में वो भी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी वो भी करोना से आज़ाद हो जाएंगे है ना तो करोना की प्रोटेक्शन की भी हीलिंग करते हैं आजकल हम वो सेवा वाली हीलिंग है फुल फैमिली की हीलिंग्स होती हैं कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन करेंगे आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी करेंगे तो हीलिंग्स होती हैं बहुत सारी चीज़ों की होती हैं एमरजेंसी हीलिंग्स भी होती है जो जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं बचेगा नहीं अभी एक केस था दिल्ली में में बच्चा मना था तो उसकी वाइफ ने ही हैं बचे नहीं और डेढ़ महीने बाद वो तो बंदा मेरे ऑफिस में था हम हंस खेल रहे थे बातें कर रहे थे ना? तो रेकी माँ है बहुत कुछ करती है बहुत कुछ जानती है ना? तो अभिनव कहते हैं सर सही वर्ड्स तो नहीं पता लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं जो जन्म से मेंटल बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे हीलिंग कर सकते हैं बेटा हीलिंग का प्रोसेस लगभग लगभग लग लग सेम है बस लोकल पार्टन का जो ब्रेन है उस ज्यादा हीलिंग करनी है और देखो जो जन्म से है तो उसका मतलब है कहीं कार्मिक तो है उसमें मैग्नीफाइड ही की आप हेल्प लो कुंडल रेकी की आप हेल्प लो आ, रेकी थर्ड लेवल में एक सिंबल है कार्मनिक उसकी हेल्प लो ही? चीजें लगभग लगभग सेम है देखो हीलिंग अपनी हो दूसरों की हो डिस्टेंस हो डायरेक्ट हो एनिमल्स हो प्लांट्स हो नेचर हो लगभग एक ही प्रोसेस है साथ है ना और मैं अगले कुछ दिनों में शायद दो चार दिनों के अंदर एक पूरा का पूरा ऑडियो डेलेक् विकास मिशन में जहाँ पेलिंग डायरेक्ट ही आपको मिलेगा बहुत टाइम से बना रखा था मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ था कि मुझे लगता था कि बहुत से लोग नहीं जानते उनके लिए दिक्कत ना हो वो कहीं ख़ुद से ट्राई करना कुछ गलत करते दे मगर मैं जल्द ही उसको भी पब्लिक कर दूंगा आप सबके लिए तो आप उसमें सुन के समझ सकते हैं कैसे हीलिंग करनी है तो बस वहाँ पे उस पर्सन के या वो इंसान रख वो चीज़ रख देना जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो और मुझे नहीं पता कि वो कितने दिन मैं पब्लिक रखूँगा हमेशा या हफ्ता महीना तो आप लोग ज़रूर एक बार वो सुनना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी बहुत से लोगों ने जो सीखा और उनको डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे तो अभी ना वो आपके लिए होगा आप जरूर देखना सर आप जब आपकी मेडिटेशन सुनती हूँ तो नींद आ जाती है। आजाद अभी हमारी मोहला मतलब मेडिटेशन में अगर वो मेडिटेशन नहीं होती वो भी हंसती और वो भी कहती है कि नींद आ जाती है हमारी आवाज़ में कुछ ऐसा जादूग है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तो मैं हीलिंग्स कभी कभी करता हूँ डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं करता डिस्टेंस में ही ज़्यादातर करता हूँ और जब मैं सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट हीलिंग करता था तो मुझे याद है एक दिन में बीस बीस पच्चीस पच्चीस लोगों की मैंने हीलिंग की है और आज भी जहाँ तक मुझे याद है कि अगर पच्चीस लोगों की हीलिंग की है तो पच्चीस के पच्चीस लोग ज़रूर सोएंगे है ना अब वो भगवान ने क्या अंदर कोई कुछ मशीन लगा रखी है कि और आ, कभी ऑफिस आओ तो हमारी मैडम से पूछना जनरली भी अगर मैं कहीं पे हाथ रख देता हूँ कहीं पर सर पर कहीं पे भी किसी को टच करूँगा तो उनको फील होता है कि हमेशा हाथों से एनर्जी बहती है मेरे हाथ हमेशा गर्म रहता हैं, सर्दी हो गर्मी हो कोई मौसम हो कुछ भी हो तो रेकी माँ हमेशा साथ रहती है कहीं ना कहीं जाती रहती है कुछ ना कुछ करती रहती है ना तो बड़ी यूनिक सी बातें हैं है, ज़्यादा अपने बारे में बताता नहीं हूँ आप पूछ और निकल रही हैं सहज में तो निकलती रहें है ना मैं तो ज़्यादा अपने आप को रोकता भी नहीं जो आ रहा मेरे को तो सहज में बहते हो एंजॉय करो तो बहुत लोग सो जाते हैं आप में से भी बहुत सारे लोग सो जाते होंगे और डायरेक्ट हीलिंग में भी मैक्सिमम लोग सो जाते हैं हीलिंग के दौरान राजेंद्र सिंह फ्रॉम कश्मीर गुरुजी नमस्कार नमस्कार जी हमारे कश्मीर के स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है एक हमारे राजेंद्र जी आए थे थाईलैंड से और मुझे उनका प्रेम इतना इतना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भी कहीं यूट्यूब पे देखा कि बार फ़ोन पे बात की वो स्पेशल बस मिलने के लिए थाईलैंड से इंडिया आए और वो थाईलैंड से एक शहर कोई थाईलैंड का फेमस होता हुआ वो वहीं पर उनका बिजनेस है तो वो लेके आए थे और मतलब लिटरली मैं शौक था कि मतलब यार, यार ये बंदा क्या मतलब जैसे प्यार ही है आपका उनको प्यार ही हो गया वो वीडियो देख के प्यार हो गया मैंने मिलना आपसे तो मैंने मिलना है आप यकीन नहीं मानो कि मेरे जिस दिन बात हुई एक हफ्ते बाद वो मेरे ऑफिस में थे तो राजर जी आपसे उनकी याद आती है उनसे आपकी याद आती है कनीपका जी सर जी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूं कौन सी एंजियो को स्पेशली कॉल करना है कनिपका बेटा आप ये व्हाट्सअप पे मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा साथ मुझे पूछना आपने कब कहाँ क्या कैसे एंजियोथेरेपी दिखा में अच्छे से डिटेल से बता पाऊंगा धन्यवाद। धन्यवाद। अभिनव जी थैंक यू सर लगता है फ्यूचर लेवल में बढ़ना बर्न, ही होगा बढ़ना तो हम है बच्चा हम सब तो कर, मैंने कहा था भगवान ने पावर्स देके आप स्कूल पर ही भेज दें भास्कर जी मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिम चीजें आप सबको व्हाट्सअप पे भेज दी है अगर आपकी कोई बुक्स नहीं मिली आपको तो मैं आपको पी भेज दूंगा क्योंकि मैं कुरियर से आपको जो भेजूंगा ना वो मेरे हिसाब से सिर्फ होगा मेन सेकेंड के और अगर आपकी एंजल्स की पेमेंट्स में पे, कार्ड्स की और पिस्टल्स की पेमेंट है तो वो है ना बुक्स वगैरह मैं पी में आपको दे दूंगा तो आपके लिए ईजी है और मैक्सिम मैंने दे दी होगी कोई रह गई हो तो मुझे WhatsApp करो मैं वो भी आपको एक आ दिन में प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है तो बुक्स लगभग सेम ही होगी जो पी भेजूंगा और जो मैं वैसे भेजूंगा रजनी जी नमस्कार सर कैसे हैं? बड़े दिन बाद आपको देखा <laughs> रजनी जी मजाक क्यों कर रहा हूँ मैं लगभग डेली आता हूँ यहाँ पे आप ही मिजी हो आप ही नहीं आते है ना आपका मैसेज मैंने बहुत दिनों बाद देखा मैं तो आप सबका वेट कर रहा होता हूँ नौ बजे नौ बजे नौ पाँच तक वेट कर रहा होता हूँ कि आप सब आओ सर शिवोम शिवोहम वाली मेडिटेशन चाहिए बेटा शिवोहम वाली मेडिटेशन आध्यात्मिक ध्यान वाले चैनल पे है हम चार बजे मतलब डेली वहाँ नया ध्यान देते हैं लगाते हैं करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कुछ दिनों पुरानी में जाओगे तो थैंक यू गुरुजी ज़रूर वीडियो पब्लिक कीजिए हाँ बच्चा आपको मैंने तीस इकतीस तारीख की की थी मतलब दो चार दिन में आपको मिलनी चाहिए वो वीडियो नहीं मिलेगी तो मुझे रिमाइंडर डालना मैं वो पब्लिक कर दूंगा डिस्टेंस लिंक की भी है डायरेक्ट लिंक की भी है एक उसमें थर्ड लेवल का मेडिटेशन तो आप उसको डाउनलोड कर लेना या उसको एक दो बार सुनोग याद हो जाएगा आपको फिर की। चीज़ बात है, बुरी बात है तो ये तो है कि बंदे रिलैक्स नहीं होते तो रिलैक्स हो जाते हैं अब कौन था जान तू बहार ही जानता है थैंक यू सो मच थैंक यू बेटा वर्ष अली आपकी आवाज में भी वाण है जैसे माँ या पिताजी पुकार रहे हैं माँ माँ बैठी है पिताजी पिताजी बैठे हैं हम उनके बच्चे थैंक यू जी, सर जी कम तो करो नीचे नंबर जो है ना नाइन एट डबल वन यहाँ कमेंट्स में भी है एक बार बात करो और बात करके आपसे एक दो सवाल पूछेंगे आपको हेल्प कर देंगे वो है ना तो आप उनसे बात करो और पहली बात तो मैं यही कहता हूँ कि जहाँ से आपने सीखा फर्स तो वहीं से हेल्प लो तो ज़्यादा अच्छी बात है वहाँ से हेल्प ना मिले तो हम आपके लिए बैठे हैं क्योंकि सबका ना सिखाने का पैटर्न तरीका अलग होता है तो आप डबल माइंडेड ना हो जाए परेशान ना हो जाए मतलब फिर भी आप कॉल कीजिए हम आपकी मदद करेंगे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास सुचरिता आपकी वॉइस एंड बिहेव बहुत ही सुंदर आत्मा में टचिंग होता है धन्यवाद जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मुझे नहीं पता मैं तो बहुत बहुत सिंपल हूँ और कुछ कह नहीं सकता रंजना जी नमस्कार नमस्कार रंजना जी आपका इंतजार करते हैं डेली आ जाए फिर बजे आप भी कमेंट किया करो सवाल पूछो हमें कुछ बताओ सिखाओ रंजना जी हमारी बहुत अच्छी हीलर है हीलिंग्स के हमें बहुत अच्छा काम करती है जो हीलिंग हिलिंग चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था उनमें इनके भी एक्सपीरियंस थे रंजनाथ जी के हुँ? तो सुचरिता ग्रेटिट्यूड सर ग्रेटिट्यूड जी अरुणाथ जी गुरु जी यूनिवर्स में बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज हैं क्या इन्हें देख भी सकते हैं हाँ बच्चा डिपेंड पर्सन टू पर्सन ये आपकी प्योरिटी और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बहुत बार भोप लोगों को देखती है बहुत बार भोट लोगों को नहीं जबरदस्ती देखोगे कुछ नहीं मिलेगा रिलैक्स हो जाओगे छोड़ दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा नीलिमा कुमारी जी नमस्कार नीलिमा जी कैसे हैं आप सब बच्चा लगभग यहाँ पे हमारा एक घंटे का वीडियो कंप्लीट हो रहा है मैं आपसे चाहूंगा इजाजत कल मिलेंगे नया टॉपिक नए सवाल नया मेडिटेशन सब कुछ नया नया ज्ञान और कोशिश करेंगे सबका विकास को सबका आध्यात्मिक विकास को आपको तो एक बार फिर बता दूँ शाम को चार बजे के आसपास हम आध्यात्मिक ध्यान मेडिटेशन चैनल पर एक मेडिटेशन डालते हैं मेडिटेशन करते हैं कई बार लाइव करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें उसके बेलाइकन पर ऑल दबा दें ताकि वहाँ पे जो डेली मेडिटेशन होते हैं हम आपको मिल जाए दूसरा यहाँ पर हम डेली कोशिश करते हैं नौ बजे हम मिलें है ना कल मेरा हिलिंग्स का डे है तो और मैं कल हीलिंग में रहूंगा और कोशिश पूरी रहेगी मैं नौ बजे आपसे मिलने आऊंगा और जब भी मैं आता हूं आधा एक घंटा पहले रिमाइंडर के लिए एक थंबनेल डाल देता हूं आपके लिए ताकि आपको पता चल आज आना है और वो थंबनेल नहीं आएगा तो मतलब छुट्टी इजाज़त धन्यवाद थैंक यू सो मच कुछ मैसेज और आए हैं जस्ट अभी नमस्कार नमस्कार गुरु पॉजिटिव एनर्जी की कोई वीडियो और ऑडियो है तो प्लीज बता दीजिए राजिंदर जी आध्यात्मिक ध्यान चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मदद करेंगे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं रचना पाटिल जी की से करोना ठीक हो सकता है हंड्रेड परसेंट बेटा हमारे पास 10 से ज़्यादा करोना के पेशेंट हैं जिसमें चार ठीक हो चुके हैं बाकी भी होने वाले हैं अधिक जानकारी के लिए यही कमेंट्स में भी हमारा नंबर है एक, एक उस पर कॉल करके बात कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको धन्यवाद गुड नाइट कल मिलते हैं नौ बजे